रीवा के क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप सेन अब आईपीएल मैच खेलेंगे देर रात राजस्थान रॉयल्स ने रीवा के कुलदीप को 20 लाख में खरीदा है रीवा के युवा क्रिकेटर कुलदीप सेन अब आईपीएल में नजर आएंगे वो एक छोटे से गांव हरिहरपुर के निवासी हैं। बता दें कि कुलदीप के पिता रामपाल सेन रीवा शहर के सिरमौर चौराहे में सैलून की दुकान चलाते हैं और घर परिवार का उसी से गुजारा होता है उन्होंने बताया की सैलून की दुकान से होने वाली कमाई से ही तीनों बेटो की पढ़ाई लिखाई कराई है उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही कुलदीप का क्रिकेट खेलने में बेहद मन लगा हुआ था कुलदीप चोरी छुपे क्रिकेट खेला करते थे वहीं कुलदीप से ने इसके पीछे अपने पिता के संघर्ष और मेहनत को माना है कुलदीप के कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि कुलदीप दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करने वाले हैं। कुलदीप को मध्य प्रदेश की रणजी टीम में भी स्थान मिला हम तो हमारे बिना जानकारी में वो सीखना शुरू किए पर जब उनका जिला टीम में चयन हो गया तब फिर उनकी माँ बताई कि इनको 500 रुपए चाहिए सिंगरौली जाना है तो मैंने कहा मैं इनको पढ़ने भेजता हूँ ये क्रिकेट खेलते हैं ये तो गड़बड़ बात है बुलाया उसको बच्चे को और डांटा हमने कि तुमको पढ़ने भेजता हूँ और तुम क्रिकेट खेलने जाते हो तो बोला पापा अपने कैरियर की चिंता हमको है आप टेंसन मत लीजिए तब से मैंने कुछ नहीं कहा उनको मैंने जाना कि उनका रुझान है क्रिकेट में तो कभी नहीं अब तो यह कहा कुलदीप मेरे पास 2008-09 में उच्च विद्यालय स्टेडियम में आया था तो जो खेलने का शौक था उसको और जैसे हरी बच्चे आते हैं और वहाँ से उसने अपना स्टार्ट किया और उसी टाइम ईश्वर पांडे रंजी ट्रॉफ़ी सेंट्रल जोन और ये सब खेल रहे थे तो कोई भी आ, शहर से बॉलर या बैट्समैन निकलता है तो बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं फिर दो तो में ईश्वर पांडे इंडिया टीम में आए आई खेले और उसी पीरियड में कुलदीप की स्टार्टिंग थी और फिर कुलदीप भी ईश्वर से इंस्पायर हुए उसके बाद दोनों जहन साथ में मेहनत करते थे और भी बच्चे मेहनत करते थे कुलदीप पास टैलेंट था पोटेंशियल था और मेहनत करनी एक ललक थी संगीत की लहरियों से